छतरपुर में एक बुजुर्ग किसान की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई बुजुर्ग खेत में गया हुआ था तभी अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र के सरसेट गांव का है जहां सुबह जब परिजन खेत पर गए तो बुजुर्ग नन्नू कोरी मृतक हालत में मिले परिजनों ने बताया कि की मृतक रोजाना मुगफली के खेत की रखवाली के लिए खेत में सोता था तभी अचानक किसी ने उनकी हत्या कर दी है परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और एफ की टीम ने मौके पर जाकर जाँच शुरू कर दी पुलिस के अधिकारियों का कहना है अभी जांच चल रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस घटना का खुलासा किया जाएगा सुबह हमने देखा तो हम जो आए तो हमने देखा तो यहाँ पड़े थे वो उस उठाने के बाद हों हम हमने वहाँ मोड़ाने उठाकर उनको खटियाए पारा फिर हमने जाकर आगे कंप्लेन करी एक दर है थोड़ी और हाथ टूटा है हथियार ऐसा हो तो वो फुलाई उलाई होती तो तो अलग ही दिखा दो थाना हरपालपुर के ग्राम सरसेड में आज एक सत्तर वर्षीय बुजुर्ग की डेड बॉडी मिली है जो कि कल शाम को अपने खेत से घर जाने घर से खेत जाने का निकले थे अभी डेड बॉडी स्पॉट पर थाना प्रभारी फैसलिटी मौके पर है जांच की जा रही है इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे कार्रवाई की जाएगी